कैसे हो आप सभी आई होप सभी अच्छे एंड हो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ की जिस पर वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आते वो भी बता दूंगा एंड आप इस तरीके का बिल्कुल मत बनाना क्योंकि इस इस बनाने के बाद ही आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते और आपको किस तरीके का थंबनेल बनाना चाहिए उसके बारे में बता देंगे बता दूंगा सो so, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अपने भाई का नाम नहीं जानोगे सो मेरा नाम है अरसान आप देख रहे हो अरसान टैग सो so यार चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थंबनेल आपको शो हो रहा होगा यूट्यूब पर चाहे जितना वीडियो बना लो व्यूज़ नहीं आएंगे ये न्यू यूट्यूबर्स ये पाँच गलती मत करना तो ऐसा लग रहा है ये भाई हमें थमकी दे रहे हैं उनको थमने देखने के बाद तो मेरे को बिल्कुल क्लिक करने का मन नहीं करता था आपको क्लिक करने का मन किया यानी नीचे कमेंट करके बताना है तो आप ऐसे थमने मत बनाओ इसमें आप काफ़ी बिल्कुल भर देते हो दिखने का और यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हो उनके पास वीडियो तो बहुत होती है बट तो टाइम कम होता है यूट्यूब पर का जस्ट लाइक तो यार इसलिए ऐसे थमिल मत डालो थोड़ा इजी थर्म डालो पर स्ली पॉइंट का थर्मिनल आप देख सकते हो उन्होंने बीवी के वस के ऊपर एक वीडियो डाला है सो तो इसमें काफ़ी ईजी तरीके से वीडियो को हम बनाने की कोशिश की एंड थंबनेल में सिर्फ कुछ नहीं किया अपनी फ़ोटो भी नहीं डाली सिर्फ एक बेबी के वांस की एक शॉर्ट सी वीडियो डाल दी पीछे ग्रे सा बैकग्राउंड एंड नेम लिख दिया अपना अरे इस बेबी के वांस का नाम नेम लिख दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइटल लिख दिया कि उसमें वीडियोज में किसके बारे में बताने वाले तो आप इस तरीके से लिखा करो यार क्योंकि ईजी सा थमिन देखने के बाद मतलब मेरे भी मन में उठा कभी कभी इसके पॉइंट का थंबनेल देखने के बाद कि इस वीडियो में ऐसा होगा क्या फिर नीचे टाइटल को देख के मेरे को पता तो उठा क्या बटे यार इसको एक बार वीडियो को देखने का मन किया तो आप ऐसे वीडियो डाल सकते हो ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को ऐसा लगे कि धमकी दे रहे हो आप उसको दिखाए अपने मोबाइल से सिर्फ एक दिन में करें अपने चार का वर्ष टाइम कम्प्लीट बाद में दम लगता है व्यूज़न भी नहीं आई हुई यार ऐसा तो सामने मत डाला करो एंड इसके काफ़ी सजेशन वीडियो पर भी है तो भाई के क्या गलती की है मैंने बताऊ जब वो भी न्यू यूट्यूबर है भाई सो वो खुद की वीडियो को पहले स्टार्टिंग में प्रमोट तो कर लो भाई खुद की वीडियो पर तुम्हारे जीरो व्यूज़ है और तुम दूसरों को चार हज़ार व्यूज ला लो घंटे का वर्ष टाइम कम्प्लीट करने की बात कर रहे हो ऐसे ही ने भाई ने एक तीन दो तीन वीडियो और डाली है मैं आपको दिखाता हूँ कम्प्लीट रोज दो सब्सक्राइबर ओ भाई वीडियो पर 25 व्यूज़ हैं <laughs> तो यार आप समझ सकते हो ये भाई हमें ही बोल भुल ली अल्लू समझ रहा है क्योंकि इन्होंने खुद के सब्सक्राइबर्स हाइड करके रखे हैं और जब मैंने इनके चैनल को ओपन किया तो इनका कम्युनिटी गाइड है नहीं बोला इसके मतलब इनके 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और 25 और ज़ीरो व्यूज़ को देखने के बाद तो एक बात पता चली ही जाती है तो चलो इनकी एक और तमन दिखा देता हूँ मैं आपको एक में भाई ने लिखा है एक हज़ार इन वन मिनट इनसे तो मेरे को एक ही बात कहने का मन करता है उसकी खुद की वीडियो पर एक भी ऐसा था मुझे मत डालो यार जिसको लोगों को लगे कि आप गलत तरीके से मतलब कर रहे हो देव उन्हें मैं अच्छी बता रहे कि स्टार्टिंग में यूट्यूब आपकी वीडियो को सजेस्ट तो करता है उसकी वीडियो को भी किया होगा बट यार थी देख के भी लोग नहीं आएंगे तो यार इस तरीके का से मत बनाओ लाइक इसलिए पॉइंट में आपको यूट्यूब पर ही सजेशन में आप लाइक जो बड़े क्रिएटर्स हैं आपसे तो आप उनका था देख सकते हो कि वो किस तरीके से थमन बनाते हैं यार छोटे यूट्यूबर्स को मत देखा करो अदरवाइज़ आप बड़े यूट्यूबर्स को देख के मोटिवेट हो सकते हो अगर मैंने इस वीडियो में कुछ छोटे बारे में बुरा बोला हो तो यार उसके लिए सॉरी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो यार और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय